हेलो दोस्तों तो आज मैं गेहूं के आटे का बहुत अच्छा जो ना नाश्ता बनाने वाली हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हो तो उसके लिए कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं तो पहले सॉस डाल देंगे तीन दो या तीन चम्मच का लगभग तो अंदाज से डाल रही हूँ मुझको पता है एक चम्मच सरसों का सॉस खट्टा पन देता है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे एक चम्मच ग्रीन चिल्ली थोड़ा सा तिकास के लिए थोड़ा सा मिर्ची फूटा हुआ लाल मिर्ची है सभी को मिला देंगे साइड में इसको रख देंगे तो गेहूं के आटे ले लेंगे थोड़ा सा नमक मिलाएँगे सभी को मिला लेंगे अच्छा से पानी डालेंगे तो इसको एकदम नरम आटा नहीं घुटना है और ज़्यादा सरत नहीं नॉर्मली घुटना है तो हो चुका है तो आगे का तैयारी करते हैं आगे इसे ढक के दस मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये जो नाश्ता है मैं सरसों तो तेज में बना रही हूँ तो ज़रा सा तेल डालेंगे तो आधा चम्मच जीरा डालेंगे आधा चम्मच राई एक कटा हुआ कियाको अच्छा से मिलाएंगे, थोड़े से टमाटर अब तो चीज में ज्यादा जरा ही रखना ज़्यादा नहीं रखेंगे तो मैं पहले से दो आलू कच्चा आलू में इसको ग्रेट करके मैं रखी हूँ इसमें मैं डाल देंगे आधा चम्मच नमक थोड़ी कहीं लाएंगे इसको ढक देंगे जो सॉस है इसमें मैं डाल दे रही हूँ अब जो बनाई हूँ तो इसको अच्छा से मैं मिला दूँगी थोड़ा तो उसमें काली मिर्च डालेंगे भूखी थोड़ा तो चाट मसाला सभी को रख के फिर से मिला देंगे धनिया पत्ता छेड़ दे देंगे उसका तो स्वाद बहुत ही अच्छा आने वाला है और खाने में बहुत टेस्टी लगना है तो मैं इस जगह पर गर्म पानी रख देंगे गर्म होने के लिए आटा से मैं लोइया काट लेती हूँ इस तरीक़ा से लोई करके इसको भरेंगे ये तो देखिए इस तरीक़ा से एक चम्मच लेके एक से या दो चम्मच लेके कर इसमें मैं भरूँगी आराम से भरे और नहीं तो फट जाएगा सारे ऐसे ही भर लेंगे हम देखिए दूसरा भी ऐसे भर लूंगी आप लोग भी घर में बना के जरूर देखिए बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद में, खट्टा मीठा स्वाद है इसका टेस्टी भी लगने वाला है हेल्दी भी है जो का से मैं बनाई हूँ हो चुका है तो मैं इसको गरम पानी में रख दूंगी देखिए गरम हो चुका है पानी एक-एक करके मैं डाल दूंगी इसमें इसको एक एक से एक से 2 मिनट इसको हम लोग पकाएंगे उबाल देंगे इसमें ढक के देखिए तो उबल रहा है सही से तो अब इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं और इसको लेकिन तो हम इसको तलेंगे स्लो फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में और देखिए ये हो चुका है इसको निकालेंगे प्लेट में एक एक करके आराम से तो गरम पानी है नहीं तो छीटा पड़ जाएगा जिस जिसमें इसका जो बनाए थे आलू का उसी में फ्राई करेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे इसमें ऑयल डालेंगे मैं सरसों तेल में इसको बना रही हूँ तो आप भी इसको रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं या सरसों तेल सरसों तेल में ज़्यादा टेस्टी होता है मैं इसमें एक एक करके डाल दूँगी सभी को आराम से फ्राई करना है बने एकदम हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है नहीं तो जल जाएगा और सही से क्रिस्पी नहीं होगा इसलिए आराम से इसको पकाना है इसको थोड़ा सा पलट देंगे अब कलर आ चुका है देखिए थोड़ा सा पलट पलट के पका लेंगे दोनों और।, और एक बार पलट देंगे देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है अब तो इसको निकाल लेंगे करके आराम से तो आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं शाम का नाश्ता हो गया मैं काट के भी आपको दिखाती हूँ अच्छा अंदर इसका जो फीलिंग है भरा हुआ है ये देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब